धूम मचाले, धूम मचाले, धूम धूम ओ भाई स्विमिंग पूल में कितने दिनों से नहीं नया हूँ चलो नहा लेता हूँ अबे उबड़े चल बाहर निकल तेरे को मालूम नहीं है पे सिर्फ प्रो प्लेयर ही स्विमिंग करने आते हैं पर मैं क्या करूँ मुझे भी ना ना है इधर चल ठीक है तो। हम कलेक्शन वर्सेस करेंगे जो जीतेगा वो स्विमिंग करेगा और जो हारेगा वो पूरे गाँव में मुजरा करेगी ठीक है भाई ये देख मेरे पास फॉर्चुनर है मेरे पास रेंग रोअर है मेरे पास लोकेश गेमर ऐसी भी महंगी बी है मेरे पास क्या चलो आ जाओ शायरी के साथ दिखाता हूँ मेरे पास क्या है मैं तुझे कस्टम में मारूंगा बॉडी बॉडी और ये देख मेरी ओडी मन करता है मारूं तुझे एक थप्पड़ करारी और ये देख मेरी फरारी अबे ये सब तो ठीक है मार क्यों रहा है क्योंकि कौन जीतेगा उसका हो गया है फैसला और ये देख मेरी टैसला तो... करो मुजरा